भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों का टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चट्ट्राम में खेला जा रहा है आज मुकाबले के तीसरा दिन है भारत ने पहले पारी में चार रन बनाए थे इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम ने 150 रन पर ही सिमट गई पहली पारी के आधार पर भारत को दो रन की बढ़त मिली है दूसरी पारी में भारत की बल्लेबाजी जारी है शुभमन गिल का अर्धशतक पूरा हो चुका है उन्होंने चौरासी गेंद में 50 रन पूरे किए हैं टेस्ट क्रिकेट में उनका पांचवा अर्धशतक है गिल के अर्धशतक के साथ ही दूसरी पारी में भारत का स्कोर 80 रन के पार जा चुका है और टीम इंडिया के कुल बढ़क तीन सौ पचास रन के करीब पहुंच गई है इस मैच में भारत टीम की मजबूती मजबूत स्थिति में आ चुकी है क्रिकेट से जुड़े रहने के लिए एसके क्रिकेट को सब्सक्राइब जरूर करें